होगा इस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं जा रहा हूँ वापस क्रिकेट खेलने पर मैं हाथ में चोट लगी हुई है तब भी खेलूंगा और कुछ भी कीपिंग टिप्स भी दूँगा जितना मुझे आता है उतना बता दूँगा क्योंकि मैंने अभी तक जो प्रैक्टिस सेशन मैंने अभी किए ना अभी क्योंकि अभी अकेडमी जा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा अकेडमी जाने का भाई एक बड़ी केटबैग लेनी पड़ेगी मुझक लगता है क्योंकि मेरे दो सामान तो हाथ में आ जाते हैं जब देखो एक बड़ी केटबैग लेनी पड़ेगी क्योंकि थी अभी वो फट गई है वो भी अच्छी थी पर क्या बोलते पता नहीं कैसे ख़राब हो गई उसके साथ धागे निकल गए और जो मैं एक कल का जो ब्लॉग है मैं आज शेयर करूँगा बिकॉज़ आज मैं आपको दो ब्लॉक शेयर करना चाहूँगा तो क्योंकि कल मैं कर नहीं पाया था कल एडिटिंग तो की थी पर बकवास एडिटिंग हो गई थी मतलब एडिटिंग हो रही थी पर ख़राब हो रही थी बार बार क्योंकि तो फ़ोन में स्टोरेज थोड़ा सा ज़्यादा था इसलिए आज मैं शेयर कर दूँगा ब्लॉग भाई कल इंडिया बहुत गंदा हारा इतनी इतनी गंदी बेचती तो क्या बोलूं भाई मतलब एक सौ सत्तर रन बिना किसी विकेट पर बना दिए हम कोई क्या बोलते हैं पचास ओवर का मैच खेल रहे थे तो गाई अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया था बुला रहा है उतरा कहाँ पहुंचा है गाय आज मैंने स्कूल की छुट्टी ली थी क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था तब मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ बताओ फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स बनना है यार मजा आ जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के तो आपको क्या लगता है मैं क्रिकेट से इंटरनेशनल में पहुंचूंगा घर आ गया था आज सो गया था मैं तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मुझे सामान लेने वैसे गाइस क्लियर आवाज़ आ रही है भाई मेरे कवर के पीछे कुछ लिखा हुआ है ऐसा जो कि मेरे दोस्त पढ़ना चाहते हैं मैं ऐसा तो पढ़ने दूंगा नहीं चलो ऐसा पहुँच गया एक सेकंड में मांग लेता तो हूँ अभी चलो कपड़े दिए थे ना वो दे वो लेना है तो भाई अभी मैंने मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट किया है मतलब कंप्लीट नहीं किया मतलब हाफ ऑफ द चैप्टर हो चुका है यार भाई कल तो यार भारत के लग गए भाई सच सचपोर्ट इतना गंदा हार है ना मूड ही नहीं कर क्रिकेट देखने को दबी तो, तो। सामान लेने आया हूँ देना भैया पंजाबी लड़का दे दो बाहर यार पंजाबी लड़का दे दो भैया वही खाऊंगा नमीन खाने का मूड है बहुत अरे मूड है आज खाने का, खाने का। बहुत बड़ा है चढ़ नहीं देखा, है आलू दे तो आलू जो भी दो फिर आलू ठीक है थैंक यू यार भाई मजा आया अभी अंदर काम नहीं कर मेरा तो को लेट हो रहा जाने को स्कूल वही साढ़े पाँच सोच रहे हो कौन सा स्कूल होता है भाई अरे नाइट्स का है तारे टेलीस्कोप से घंटा कुछ दिखता है तो इससे बढ़िया भाई को लाख का का कहने की बात है ना पैसा वरुण तुमने ऐसा दिख रहा है दस लाख रुपये नहीं तो कुछ समय तक पहले तो ये वही फ्रूट शॉप बंद हो गई थी वापस स्टार्ट हो गई और इसी कोई और ही शॉप लगी थी फ्रूट जूस तो मतलब खींचते जाओ खाते जाओ अपने घर के नीचे पता नहीं क्या क्या है इंडोर चाइनीज वटावर वटावर वटावर मोहित बेकरी वीकाने बेकरी भाई हस्ते यहाँ तो यहाँ पर कॉस्मेटिक शॉप है हर जगह कॉस्मेटिक है भाई और पीछे क्या बोलते भाई खाने पीने का तो बहुत कुछ है उससे तो बात ही नहीं करते तो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग माय ब्लॉग आपसे मिलता हूँ मैं कल बाय बाय टैटा सी लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें